मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राज्यपाल ने कोरोना काल में यूनिवर्सिटी के कार्यों की प्रशंसा की राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जो है शिक्षा के लिए अनेक कदम उठा रही है मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने अपना चौथा स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया इस दौरान राज्यपाल मंगू पटेल ने मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की जमकर तारीफ की उन्होंने कहा संस्थान ने कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन कार्य किए संस्था इसके लिए सराहना की पात्र है कार्यक्रम को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा आयोजन के माध्यम से सम्मानित सभी छात्र छात्राएं और शिक्षकों को मैं बधाई देता हूं उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार शिक्षा के विकास और उन्नयन के लिए लगातार काम कर रही है स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ कुलाधिपति कुलपति शिक्षक गण कर्मचारी और सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और सेवा संकल्प पथ पर उज्वल भविष्य की बार बार बहुत शुभकामना देता मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि विद्यार्थियों के, के विकास के लिए विश्वविद्यालय ने देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग समझौते किए गए हैं संस्थान की वैश्विक महामारी के दौरान पीढ़ी मानवता सेवा की प्रतिबद्धता की भी मैं सराहना करता हूँ मुझे बताया गया है कि कार्यक्रम में नव उपस्थित सभी का मैं अभिनंदन और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ कि मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी का आज फाउंडेशन दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया और हमारे यशस्वी महामहिम राज्यपाल जी के कर जिन्होंने विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की है शिक्षा के क्षेत्र में उनको सम्मानित भी किया गया अध्यापकों को भी और छात्रों को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर शिक्षा के उन्नयन उसके उत्थान लगातार काम कर रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस देश में लोग शिक्षा तो प्राप्त करें ही साथ ही संस्कार भी उनमें आए यही हम सबका लक्ष्य है सरोवर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जिस प्रकार से महामहिम जी ने आज यहां आकर सबको आशीर्वाद दिया है तो निश्चित रूप से युवाओं को एक बड़ी प्रेरणा देने का काम करेगा वहीं विशेष अतिथि के तौर पर आए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम में जाने पर वो खुद को गौरवान्वित महसूस करते है संस्थान के चौथे स्थापना दिवस पर एम परिवार को शुभकामनाएं उन्होंने कहा की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बेहतरीन काम कर रही है स्थापना दिवस को लेकर और संस्थान के सीईडी गौरव तिवारी ने बताया कि संस्था का उद्देश्य छात्रों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना है छात्र सही दिशा में आगे बढ़े और सबका विकास हो इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया और छात्रों को उनकी डिग्री प्रदान की गयी द्वारा जो अपना स्थापना दिवस मनायापाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री और हम सब लोगों ने मिलकर के आज ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम बनाया और खास करके मैं शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम में सहज ही जाने का सौभाग्य भी मानता हूँ और गौरव भी मानता हूँ और मैं मान के चलता हूँ कि उच्च शिक्षा में जिस प्रकार से लगातार विकास के क्रम जारी है उसी कड़ी में हर एक यूनिवर्सिटी अपना स्थापना दिवस मनाए और अलग अलग प्रकार के अपने आज इसी की आवश्यकता है मेरी अपनी ओर से अच्छे राज्यपाल श्री मंगूभा के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सम्मानीय श्री विश्वास सारंग जी मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री सम्मानीय श्री मोहन यादव जी आज हमारे प्रांगण में इस स्थापना दिवस के अवसर पर अतिथि के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने अपने आशीर्वचनों से अपने मोटिवेटिंग स्पीचेस से हमको प्रेरणा दी और हमारे यहाँ पे जो उत्कृष्ट बच्चों ने जिन्होंने परफॉर्म किया है उनको सम्मानित भी किया और इस दिन को मानसरोवर के इतिहास में इस अक्षरों में में जोड़ा मुझे पूरी उम्मीद है आशा है और विश्वास है कि मानसरोवर परिवार इसी तरह से आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरेगा और आने वाले समय में भी हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हम समाज के हर वर्ग तक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा पहुँचाए और ऐसे चिकित्सकों को ऐसे इंजीनियरों को ऐसे फार्मासिस्ट को निकालें जो कि समाज में विस्तृत रूप से जनसेवा कर सके संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ता झोपड़ी से महलोता ठेलों से मेलो तक